तुम दोनों कहाँ जा रहे हो आओ मेरे ट्रैक्टर में आ जाओ आ, अरे ये आवाज़ कहाँ से आई डरो मत तुम दोनों मेरे ट्रैक्टर में आकर बैठ जाओ मैं तुमको हवा में सैर कर अरे चिंटू ये ट्रैक्टर जिसका भी है वो हमें हवा में सैर कराएगा। चल चलते इस ट्रैक्टर में अरे शानू मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये ट्रैक्टर किसका है और कौन बोल रहा है अरे चिंटू इतना मत सोचू और जल्दी जल्दी इस ट्रैक्टर हमको उड़कर बहुत मजा आएगा अगर ऐसी बात है ना शालू तो चल फिर अब तुम दोनों हवा में उड़ने के लिए तैयार हो जाओ अरे वाह ट्रैक्टर में बैठकर हवा में उड़ने का तो मजा ही कुछ और है हां हां, शालू बिल्कुल सही कहा तूने तुम दोनों एक काम करो अपने दोस्त बंदर को भी ट्रैक्टर में बैठा लो मैं उसके पास चलती हूँ हाँ हाँ ठीक है अगर बंदर भाई भी हमारे साथ में रहेगा ना तो हमें और मजा आएगा अब चलो तुम बंदर भाई के पास अरे बंदर भाई आजा ट्रैक्टर में घूमने चलते हैं। अरे चिंटू भाई ये हवा में उड़ने वाला ट्रैक्टर किसका है और ये तुझे कहा मिला अरे बंदर भाई इतना सोचने का समय नहीं है बस तू जल्दी से आजा ट्रैक्टर में अरे मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है अरे बंदर भाई किस सोच में पड़ गया तू अब आ जाना जल्दी ऐसी हाँ आ रहा हूँ चिंटू भाई हाँ चलो अब अरे चिंतू भाई ये ट्रैक्टर अपने आप कैसे उड़ने लगा मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है अरे बंदर तू तो बेमतलब का डर रहा है कुछ भी नहीं होगा अरे ये हम कहां पर आ गए ये तो चुड़ाल है चुड़ाल कोई बचाओ हमें मुझे तो बहुत डर लग रहा है आ, अरे चुड़ाल छोड़ दे हमें छोड़ दे तूने हम सबको बंदी क्यों बना लिया है मुझे बंदी रखने का शौक है इसलिए मैंने तुम सबको बंदी बनाया है मैं धीरे धीरे करके अपने बहुत सारे बंदी बना लूंगी अब तुम सब हमेशा के लिए मेरे बंदी बन गए हो अरे मुझे यहाँ पर नहीं रहना कैसे भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकालो चालू तू घबरा मत मैं अभी गोरिल्ला भाई से बात करता हूँ वो एक बाबा को जानता है जो अच्छे अच्छे भूत और चुड़ैलों को दो मिनट में मजा चखा देता है बंदर भाई अगर ऐसी बात है तो जल्दी फोन कर गोरिल्ला भाई को हाँ अभी करता हूँ चिंटू भाई गोरिल्ला भाई मुझे चिंटू और शालू को चुड़ैल ने अपना बंदी बना लिया है तू एक काम करे फटाफट बाबा जी को लेकर यहाँ पर आ जा मैं तुझे अपनी लोकेशन भेज रहा हूँ अरे बंदर भाई तुम ऐसी बिल्कुल भी चिंता मत करो मैं बस बाबा जी को लेकर वहाँ पर पहुँचता हूँ शालू और चिंटू अब डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है बाबा जी बस पहुँचने वाले है वो इस चुड़ैल को बहुत अच्छे ऐसी मजा चखाएंगे बाबा सीधे पहाड़ी पर चलो अच्छा ठीक है चुड़ाल तूने इन सबको बंदी बनाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया अब तू नहीं बचेगी मेरे हाथों से। मामूली से बाबा कहीं के तू मुझे धमकी देता है अब तो तू गया ये ले मुझसे पंगा लेने चला था आ गया मजा चुड़ैल अब तो तेरी खैर नहीं अरे बाबा छोड़ दे मुझे छोड़ दे मुझे छोड़ दे चल पहले इन सबको जल्दी से आजाद कर अपने कैद से। अभी करती हूँ अभी करती हूँ बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने हम सबको बचा लिया अरे अब हम सब घर कैसे जाएंगे ये चुड़ैल तुम सबको यहाँ पर लेके आई है और यही तुम सबको लेकर चलेगी नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी क्या कहा तूने हाँ हाँ मैं जाऊँगी मैं जाऊंगी